मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट यह बताया जाएगा कि उनके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए इस योजना के बारे में जानकारी दी राजधानी भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि खेती किसानी में रासायनिक खाद के अत्याधिक उपयोग से किसान के खेती की मिट्टी का शरण हो रहा है जिसको रोकने के लिए शिवराज सरकार एम्बुलेंस मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू कर रही है जिसको रोकने के लिए शिवराज सरकार एम्बुलेंस मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू कर रही है जिसमें किसान के खेत की मिट्टी का प्रशिक्षण करने के लिए हर गाँव में खेत में एम्बुलेंस पहुंचेगी इस खेत पहुंच एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि अधिकारियों की टीम मुस्तैद रहेगी जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट ये बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि पहले व्यवस्था किसान के लिए मंडी में उपलब्ध रहती थी लेकिन इस सेवा का समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था अब सरकार ने निर्णय लिया है की इस व्यवस्था को किसान के खेत तक पहुँचा किसानों को लाभ दिया जाएगा अब मेरे खेत के अंदर जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए रासायनिक खाद डाले जाते हैं ये जो चीज की पोटास है ये है उसकी देना है लेकिन किसकी उसकी अधिकता फिर है उस प्रतिशत किसान गाँव की मट्टी परीक्षण उसके लिए भी हमने कार्य योजना बनाई है क्योंकि किसान हमारा मंडियों के अंदर परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ नहीं आता हम हमारे कृषि वैज्ञानिकों को कृषि विभाग के अधिकारियों को एक एम्बुलेंस बना हर गाँव में जाएंगी और वहां सैंपलिंग गाँव के अंदर किसानों को करके उसका मिट्टी का आएगी और उसको परीक्षण करके गांव में में बताएगी कि आपको किस चीज की करनी ताकि हमारे देश में जो फू हम विदेशों को पैसा देते हैं रासायनिक खाद का कमल पटेल ने कहा कि रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग होने से किसान के खेत की मिट्टी का शरण हो रहा है जिसको अब हम सबको मिलकर रोकना होगा उन्होंने बताया की इस योजना से विदेशों में जाने वाला रासायनिक खाद खरीदी का पैसा भी बचेगा और किसान प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर लौटेगा उन्होंने बताया कि 2019-20 में भारत सरकार इकतीस करोड़ की सब्सिडी देती थी लेकिन अब वह बढ़कर सवा दो लाख करोड़ की हो गई है पहले डी 1900 में मिलता था तब सरकार किसान को बारह में देती थी यानी की सरकार सात की सब्सिडी एक बोरी पर किसान को दे रही थी लेकिन अब डीएपी उनचालीस का हो गया है जिस पर सरकार किसान से तेरह प्रति बोरी ले रही है सरकार छब्बीस 2700 सब्सिडी दे रही है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को करने की दिशा में किसान उत्पादक समूह का अहम योगदान रहेगा इसके लिए सरकार हर कदम पर आपके सहयोग के लिए खड़ी हुई है पटेल ने कहा देश का किसान समृदी होगा तो देश भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा करोड़ दो हजार बीस तक उन्नीस तक, तक सब्सिडी देती थी भारत सरकार अब हो है वो सवा दो लाख करोड़ जब डीएम 1900 में मिलता था विदेश से जब आते थे तो 1200 में किसान को देते थे सात रुपए सब्सिडी देते थे अब तो हो गया उनचालीस सौ का चार हजार का फिर भी किसान से लेते तेरह सौ डेढ़ सौ बढ़ाया बोरी सब्सिडी भारत सरकार देती है यूरिया दो सौ छाछठ में किसानों को देते हैं वो आ रहा है पच्चीस का पूरी सब्सिडी भारत सरकार दे रही है लाखों करोड़ वाले भार जा रहा है वो आंधा जा रहे मिट्टी भी खराब कर रहे पर्यावरण भी खराब कर रहे और इसलिए इसका भी संतुलित जितनी आवश्यकता है जैविक खेती किया की है गेहूं से दवाई बनाकर वनपति से दवाई बनाकर खेती करें शुरू करें तो शुद्ध अनाज होगा तो पूरी दुनिया आ गई कोरोना के बाद प्राकृतिक और जैविक उत्पाद की मांग है और रेट भी अच्छे मिलेगी तो ये इस प्रकार हम इस देश को